दोस्तों की आपकी पावर बटन काम नहीं करती है अगर काम नहीं कर रही है सही से तो आप इस वीडियो को देख लें और आपकी समस्या हम सॉल्व कर देंगे दो मिनट में क्योंकि हम इस प्रकार की समस्याएं, आपकी दो मिनट में साल्व करने वाले हैं कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें कृपया वीडियो को स्किप स्किप ना करें चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम अपने फ़ोन फ़ोन की सेटिंग में जाएँगे सबसे पहले चलो हम फ़ोन की सेटिंग में जाते हैं और वहाँ पे हम डिस्प्ले वाला जो आइकन है उस पर हम जाएंगे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो उसमें जो टोल टैक्स लिखा है यहाँ पे देखो हम फांड भी बढ़ा सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं और उसके बाद हम बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको ये डबल टैप लगा देना है डबल टैप लगाने के बाद आप जब भी स्क्रीन पर डबल टाइप करेंगे आपकी स्क्रीन ऑटोमेटिक जल जाएगी इसमें अगर बटन यहाँ से ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हैं और ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं कृपया वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें